हेलो फ्रेंड्स मैं हूं भूपेंद्र और आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा कि कैसे घर बैठे एच बैंक का स्टेटमेंट निकालें जी हां दोस्तों एच बैंक का आप स्टेटमेंट घर बैठे ही निकाल सकते हैं आपको बैंक में धक्के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है आप पिछले दस साल तक का पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन आप निकाल सकते हैं कि कौन सी तो कितना पैसा आया है गया है ट्रांसफर किया है एटीएम से विड्रॉल किया सारा कुछ आप अपने ट्रांजेक्शन से रिकॉर्डिंग सारी चीजें देख सकते हैं, बस इस ट्रिक को को अपना के। तो चलिए टाइम करते इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले तो आपको किसी एक ब्राउजर में जाना है और वहां पर अपनी इंटरनेट बैंकिंग को लॉग कर लेना है इंटरनेट बैंकिंग लॉग करने के बाद लेफ्ट साइड में नीचे से दूसरा ऑप्शन आपको इंक्वायरी का देखें दूसरे नंबर से ये आपके ऑप्शन स्टार्ट हो जाते हैं स्टेटमेंट से रिगार्डिंग जैसे कि ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है इस ऑप्शन पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आप इस मंथ का और पिछले मंथ का पूरा इस्टेटमेंट आप निकाल सकते हैं अगर आपको पाँच साल तक का आपका बैंक का ट्रांजेक्शन डिटेल चाहिए तो सेकेंड वाले पर क्लिक कर सकते हैं अगर आपको दस साल तक का पूरा स्टेटमेंट या ब्योरा चाहिए तो आप ये तीसरे वाले नंबर पर क्लिक करा सकते हैं और अगर आप इस स्टेटमेंट को डाउनलोड करके अपने फ़ोन में सेव करना चाहते हैं तो ये फाइव ईयर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करा के यहाँ से आपको अपना अकाउंट नंबर सेलेक्ट कराने हैं और अगर मान लीजिए आपको इस मंथ का चाहिए तो करंट मंथ पर क्लिक करा के नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन देखेगा जहां पर आपको फाइल का फॉर्मेट सेलेक्ट तो यहां पर आप पीडीएफ डी एफ़ सिलेक्ट कराएँ तो आप अपने फ़ोन में ईजिली उसको देख सकते हैं तो यहां पर पीडीएफ डी सिलेक्ट करा के आपको डाउनलोड पर क्लिक करा देना रहे डाउनलोड पर क्लिक कराने के बाद हम यहां पर इसका कैप्चर कोड फिल कर देते हैं और कंटिन्यू इसके बाद आप देख रहे हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो डाउनलोड हो चुका है ठीक है तो बस इतना सा मेथड है इस तरीके से आप आ, बड़ी आसानी के साथ आपका प्रीवियस पिछले 10 साल तक का आपका बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए